हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब बॉस में तो दोस्तों रिएट जे की ट्यूटोरियल सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में ठीक है दोस्तों आज हम क्लास कंपोनेंट को देखेंगे दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने फंक्शनल कंपोनेंट को कवर किया था अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा वहाँ से जाकर आप जो है वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं फाइनली ठीक है अब हम यहां पे अबाउट नाम का हमने एक फाइल बनाई है नाम की अब हम इसमें एक क्लास बनाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास कम्पोनेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है ठीक है तो सबसे हम पहले हम इम्पोर्ट करेंगे रिएक्ट को इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम कहां से फ्रॉम रिएक्ट से रिएक्ट ये हमारा रिएक्ट इम्पोर्ट हो गया अब हम क्लास बनाएंगे ठीक है तो हम पहले इसको एक्सपोर्ट कर देंगे दोस्तों एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास अबाउट ठीक है अबाउट नंबी क्लास है हमारी और इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड कहां से रिएक्ट कंपोनेंट से रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ठीक है एक मिनट Dot. Dot. Component. हो गया। दोस्तों दोस्तों अब अब अब जो है है। है। हमने क्लास बना ली हम क्यों क्या करने हैं? में हमको रेंडर करना करवाना पड़ता है। पहले रेंडर का यूज करना पड़ता है रेंडर, ये हमने रेंडर किया। अब उसके बाद कर ली में हम जो है अपने रिटर्न की का यूज करेंगे ठीक है रिटर्न का पैरामीटर हमारा उसके बाद आता है ये हमने रिटर्न किया दोस्तों क्लास जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्लास को बनाना इसलिए दोस्तों ज़्यादातर जो है फंक्शंस का यूज होता है और रिएक्ट की जो टीम है वो खुद रिकमेंड करती है कि आप जितना हो सके आप फंक्शनल कंपोनेंट का ज्यादा यूज करें ठीक है तो हो गया अब हम यहाँ पे हमारा एक एस टू लेंगे जो हो गया हमारा एस अब यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो फ्रॉम अबाउट क्लास कंपोनेंट यह हमने लिख दिया अब इसको हम कंट्रोल सेव से कर देंगे अब हम जाएंगे अपने .js की फाइल में और यहां पे हम सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे अपनी क्लास को इम्पोर्ट अबाउट अबाउट ठीक है और अब हम इसको यूज करेंगे यहां पे अपने पैराग्राफ के नीचे दोस्तों इसको भी यूज करने का तरीका सेम हमारे फंक्शनल कंपाउंड को हम जिस तरह यूज करते थे उसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं ठीक है अब देखिए हो गया अब हम इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और अब हम जाएंगे अपनी ब्राउजर स्क्रीन पे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम अबाउट क्लास कंपोनेंट तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते हैं इस तरीके से हम क्लास कंपोनेंट को बनाते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर भी हम क्लास कंपोनेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ओपनिंग और क्लोजिंग टेक जिसको हम एस कहते हैं दोस्तों ये जो है ये एस की तरह दिखता है बट ये एस नहीं है ये जो है जेएसएक्स होता है ठीक है दोस्तों जेएसएक्स जो क्या होता है जे एस एक्स जे एस हम आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाएंगे ठीक है देखिए अब हमने यहाँ पे जाके देखा रिफ़्रेश किया तो दोस्तों कोई चेंजेस नहीं मतलब आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? अब दोस्तों हम देखेंगे कि हम जिस तरह हमने एक्सटर्नल बनाया क्या हम इंटरनल फाइल के थ्रू बना सकते हैं हाँ जी दोस्तों हम इंटरनल फाइल के थ्रू भी बना सकते हैं तो एक बार के लिए हम इसको जो है पूरा कोड को यहाँ से उठा लेते हैं ये हम इसको यहाँ से उठा लेंगे कंट्रोल एक्स और अब हम अपना इंटरनल कंपोनेंट बनाएंगे ठीक है यहाँ आ जाएंगे अब हम तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट वाली लाइन को हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें और अब हम यहाँ पे जो है अपना कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को भी अब हम हटा देंगे क्योंकि फिलहाल हमको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है ये हो गया और हमने अपना अबाउट कम्पोनेंट तो यूज़ कर ही लिया है ठीक एक बार के लिए हम अपना वापस पुराने वे में ही टाइप करेंगे ये हो गया हमारा ठीक है सब कुछ ठीक है हाँ जी दोस्तों सब कुछ ठीक है अब कंट्रोल से सेव से करेंगे और ब्राउजर पे जाकर अब हम इसको रिफ्रेश नहीं हुआ रिफ्रेश। देखिए दोस्तों एरर आ रहा है एरर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट को जो है रिएक्ट हमने रिएक्ट को जो है इंपोर्ट नहीं किया है ठीक है तो हम ये बात हमको खास ध्यान रखनी जब भी हम क्लास कंपाउंड का यूज़ करें हमको रिएक्ट को जो है इम्पोर्ट करना ही है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट यह हो गया अब कंट्रोल इससे सेव करेंगे और अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर स्क्रीन पर और अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो एरर था वो फाइनली जा चुका है और जो है हमारा कोड जो है वो प्रिंट हो चुका है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते हैं ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग है